फ़ाइंड माई डिवाइस आज हम आपको फ़ाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें अगर आपका किसी फ्रेंड के माध्यम से या आपका कहीं सेट भूले से कहीं गिर गया हो या भूल गए हो, तो आप उसको किस प्रकार से आप अपना सेट पा सकते हैं इसके बारे में आ, आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये सर्च बार में आपको यहाँ पर फाइंड माई फ़ोन इसको सर्च मारना मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और आपको डाउनलोड करने के बाद ये ओपन इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इसका इंटरफेस होगा तो इस पर आपको तो सिंगिन गेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करके आप किसी दूसरे का सेट ले करके के उस पर यहाँ पे आप अपनी मेल डाल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हम अपना ई डाल देते हैं ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट इस पर क्लिक करना इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा इसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप आपकी जो भी ईमेल आईडी हो आप अपनी ईमेल आईडी आई यहाँ पर लगा सकते हैं अगर बाय चांस आपके सेट में नहीं है ईमेल मेल या आपके पास सेट नहीं है तो किसी दूसरे का भी आप ई मेल मोबाइल ले करके उस पर यह सिंग इन गेस्ट इस पर जो है आप क्लिक करके अपनी ई मेल भी इस पर डाल सकते हैं और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेट किस लोकेशन पर चल रहा है तो चलिए हम इस पर आपको बता देते हैं ईमेल आईडी डाल करके कंटिन्यूस इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड मतलब दर्ज करना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड दर्ज कर लें आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आएगा इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे आपको पहले मेल आपको देख लेना है कि किस मेल से आपको चेक करना है कि किस सेट पे पड़ी हुई थी तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जो जिस मेल से आप देखना चाहते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना है तो चलिए हम पासवर्ड दर्ज कर देते हैं पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ पे सिंग इन इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंग इन पर क्लिक करते ही ये आपसे एलाउक मांगेगा तो आप इसको दे दीजिए और आप देख सकते हैं ये इसकी सटीक लोकेशन है जहाँ पर यह सेट वर्क कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका सेट खो जाएगा तो आप इसी के माध्यम से जो इसकी एकदम सटीक लोकेशन होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेट कहाँ पर चल रहा है तो ये देखिए और इस पर आपको सेट नंबर भी बता देगा आपके मोबाइल का क्या मॉडल नंबर है कितनी बैटरी है और उस पर सिम कौन सा पड़ा हुआ है आप ये देख लीजिए तो यहाँ पे सब कुछ आपको बता देगा प्लस इस ईमेल आईडी से कितने सेट चल रहे हैं ये भी बता देगा तो अभी ये मान लीजिए ओप्पो पर है और दूसरा सेट आप देख सकते हैं ये एक सीओमी रेडमी सिक्स प्रो ये ई मेल दो पर लगी हुई है तो आप ये दोनों पर देख सकते हैं कि ये दोनों सेट पूरे वर्ल्ड में कहाँ चल रहे हैं तो आप खाली अपने ही देश का नहीं आप विदेश में वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि आपका सेट कहाँ चल रहा है या आपका सेट किसी ने चुरा लिया है या खो गया है किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि किसके पास है और आप ये नीचे के ऑप्शन में देखिए प्ले साउंड अब अगर आपसे किसी दोस्त ने आपके मजाक किया हो और सेट आप पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहा तो आप यहाँ पर उसको प्ले भी करा सकते हैं प्ले करा करके भी आप देख सकते हैं कि आपका सेट कहाँ पर ये बज रहा है तो शायद आपको आवाज़ ना आए और इसके बाद प्ले करने के बाद आप यहाँ पे बैक आ जाइए यहाँ पे सिक्योर डिवाइस इस पर आप क्लिक करके लॉक स्क्रीन मैसेज यहाँ पर आप कोई भी ए, ए, सेट पे आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि जो भी आपका फ़ोन लिए हो वो आपको वापस कर दे या आपने एफ़ कर दी या किसी भी तरीके की आपने एक उसको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारा सेट वापस कर दे बाकी यहाँ पे फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है और आप अगर डालना चाहें तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं कि अगर वो आपका सेट जैसे गलती से खो गया या कोई पा गया है तो वो आपको इसी नंबर पर कॉल भी कर सकता है वो अगर अदर भी कहीं कॉल करेगा तो इसी नंबर के माध्यम से ये कॉल आप ही के पास रिटर्न आएगी इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है रेंस डिवाइस ये आपका ऑप्शन तब लास्ट में काम आएगा कि जब आप चारों तरफ से मान लीजिएगा आपने कोशिश कर ली है और आपका सेट नहीं मिल पा रहा लेकिन आप अपना डाटा आप अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपना यहाँ से रेज डिवाइस करके पूरा डाटा आप डिलीट कर सकते हैं वो सेट पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा तो इस फाइंड माय डिवाइस के ये फ़ायदे हैं और ये कुछ नुकसान भी है इसके कि अगर मान लीजिए किसी गलत तो हाथों में अगर ये पड़ जाता है तो ये नुकसान भी कर सकता है कोई ईमेल आईडी आपका पासवर्ड जान गया तो गलत भी कर सकता है तो ये एक एजुकेशन परपज़ के लिए बनाई गई ये वीडियो इसका कोई गलत इस्तेमाल न करें यह हमने आपको एक जानकारी मात्र के उपलब्ध कराई है बाकी अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर